साथियों प्रणाम पापा आपने पापा देखा अभी पिता और पुत्री का मिलन बहन जी? जी कौन है ये पापा हमारे। क्या नाम है इनका है। भाजी कौन है ये क्या लगती है आपकी ये लड़की बेटी है आपके कैसे निकल गये घर से बताएंगे आए बाजार जी कितने दिन हो गए घर से निकले हुए मतलब कह रहे में चले हैं छोड़कर अच्छा अच्छा कम सुनाई देता है बाबा को देख सकते हैं आप इस उम्र में और इस हाल में इन बहन को लेने के लिए बाबा अपना घर आश्रम भरतपुर आए हुए हैं और चार महीने से ज़्यादा हो गए हैं जैसा कि बाबा बता रहे थे कि घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है और ये बेटी हैं इनकी यही खाना बना के खिलाती थी और पिछले चार महीनों से फिर अब रोटी पानी कौन करता था बाबा खाने बारे पीने की व्यवस्था कहाँ से होती थी खाना खाना कहाँ से खाना हाँ. खाना हैं, होटल से भी आते हैं। खुद बना लेते हैं आप? मैं बना लेता घर चूल्हा जी राशन मिलता है धन को बनाओ भैया आप है इनकी देखभाल करने के लिए जी और कोई है नहीं, में है तो लग रहती है आ जाइए देख सकते हैं आप करीब चार महीने पहले इन बहन को यहाँ अपना भरतपुर लाया गया था और परिवार में बता रहे हैं बाबा की कोई नहीं है बहन चार महीने पहले बालाजी के दर्शन करने आई थी हाँ बाबा आप देख सकते हैं कौन है ये आपकी बेटी है भिधर ले भिधर। ये कौन है इधर आइए पापा है, पापा हैं आपके पापा है। अभी आपकी तबीयत कैसी है ठीक है ठीक से जाना चाहती हैं जाना चाहती हैं पिताजी के साथ घर घर जाना चाहते हैं जाएंगे अच्छा। अब मत निकलना घर से आराम से रहना है तो तो क्यों निकल गई थी ऐसे का मैं मैं बाहर मेरे क्या टाउस घर तो से निकल अब गलती करना। पापा को छोड़ के मत जाना देखो कितने हाँ कितने परेशान हुए देख सकते हैं ये लिए लिए खाना देखना देखना बनाती थी, थी और करीब चार देखने देखने महीने पहले, पहले बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे अब इन्हें आप सभी के सहयोग से और ठाकुर जी की कृपा से अपने घर जा रहे हैं कार्यवाल पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आप देख रहे हैं पहले से काफ़ी स्वस्थ हैं सभी साथियों को प्रणाम